तू मेरा कर तू मेरा धल तू मेरा अभिमान ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ए ऐतन तन तेरे लिए अल करम अपना करेंगे ए बतन तेरे लिए दिल दिया है जान दी देंगे ए बतन दिया है जान भी देंगे है पतंग तेरे